से हैं आप आज की हमारी मूवी है नाइट बुक्स फिल्म की शुरुआत में हमें एलेक्स को दिखाते हैं, जो कि काफी उदास दिखाई दे रहा था फिर वो अपने माता पिता को बात करते हुए सुनता है जो कह रहे थे कि एलेक्स ने कहा है कि वह अब कभी भी डरावनी कहानियां नहीं लिखेगा और उनका बच्चा भी पास बाकी बच्चों की तरह नॉर्मल होता जिन बातों को सुनकर एलेक्स बुरी तरह ऐसी टूट जाता है फिर वो तय करता है की वह अपने द्वारा लिखी गई सारी कहानियों को जला देगा इसके बाद वो अपना बैग पैक करता है और अपने माता पिता को देख घर ऐसी जाने लगता है तभी उसकी माँ को किसी के होने का एहसास होता है लेकिन उसका पिता कहता है की ये कोई नहीं है घर ऐसी निकलने के बाद एलेक्स एक लिफ्ट में जाता है जो अचानक से बंद पड़ जाती है फिर लिफ्ट के रुकते ही एलेक्स लिफ्ट से बाहर आता है वो अब आगे बढ़ने लगता है लेकिन उसे एक कमरे से टीवी चलने की आवाज़ सुनाई देती है और वो उस कमरे के पास जाता है वो देखता है कि टीवी पर उसकी फेवरेट और फिल्म चल रही है। जिसे देख कर वह एक तरह ऐसी हो जाता है और वो उस कमरे के अंदर जाने लगता है जिसके बाद दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाता है फिर एलेक्स टेबल आरोप रखे केक को खाने लगता है जिसे खाने के बाद वो वही आरोप बेहोश हो जाता है होश में आने के बाद एलेक्स देखता है की वो किसी और कमरे में हो चुका है जिसके बाद वह खिड़की से अपने माता पिता को आवाज लगाता है लेकिन उसकी आवाज़ सुनने वाला वहां पर कोई नहीं था एलेक्स खिड़की से भागने की कोशिश करता है लेकिन बाहर निकलते ही वह फिर से उसी कमरे में आ जाता है जो देखकर एलेक्स बहुत ही चौंक जाता है और फिर किसी औरत की डरावनी आवाज उसे सुनाई देती है जो कि एलेक्स से उसका नाम पूछती है जिसके जवाब में एलेक्स उसे अपना नाम बताता है जिसके बाद वह उसके सामने प्रकट हो जाती है और अब हम देखते है की वह एक डायन है जिसका नाम नताशा है अब वो एलेक्स ऐसी पूछती है की तुम मेरे किस काम आ सकते हो तुम्हारी खूबी बताओ नहीं तो तुम्हें भी बाकी फंसे बच्चों की तरह मार दूंगी जिसके जवाब में एलेक्स कुछ नहीं बोलता जिस कारण नताशा उसे अपने जादू से मारने ही वाली होती है तभी एलेक्स कहता है कि मैं डरावनी कहानियाँ लिखता हूँ जो सुनकर नताशा उसे नहीं मारती और एलेक्स कहता है कि मैं नाइट बुक नाम की एक किताब लिख रहा हूँ नताशा एलेक्स को कहती है की अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो हर रोज मुझे एक नई डरावनी कहानी सुनानी होगी जिसके बाद एलेक्स अगले दिन उसी घर में उठता हुआ दिखाई देता है जिस पर एक बिल्ली हमला कर देती है उस बिल्ली का नाम लेनोर है जो कि गायब हो सकती थी और वो नताशा की पालतू बिल्ली है फिर एलेक्स उस बिल्ली से डरकर उस कमरे से बाहर आ जाता है और उस जगह को एक्सप्लोर करने लगता है जहाँ पर एक कमरे में वो देखता है की वहाँ कुछ छोटी छोटी मूर्तियां रखी हुई थी और उन मूर्तियों के पीछे का रहस्य क्या है यह हमें आगे पता चलेगा वो उस कमरे से बाहर आता है और अचानक उसके सामने एक लड़की आ जाती है जिसे देखकर एलेक्स डर जाता है उस लड़की का नाम यास्मीन है फिर यास्मीन अपना रोज का काम शुरू कर देती है जिससे हमें पता चलता है कि उस डायन ने उसे भी वहाँ पर बंदी बना रखा है फिर यास्मीन एलेक्स को बताती है कि यह घर पूरी दुनिया में घूमता है और बच्चों का शिकार करता है वह बच्चों को लालच देकर अपने अंदर फंसा लेता है फिर वो लेनौर के बारे में बताती है की उसका काम सभी बच्चों पर नजर रखना है फिर वह एलेक्स को लाइब्रेरी दिखाती है जिसके अंदर बहुत सारी पुरानी कहानियों की किताबें पढ़ी हुई थी और उसे वहीं पर नताशा के लिए कहानियाँ लिखनी थी एलेक्स लाइब्रेरी को देखकर हक्का बका रह जाता है वह बहुत ही विशाल और किताबों से भरी हुई थी। लेकिन उस लाइब्रेरी की हर एक किताब को नताशा ने, पहले ही पढ़ा हुआ था। जिस कारण नताशा ने एलेक्स को चुना था ताकि वो उसे कुछ नई कहानियाँ लिख सुना सके लेकिन एलेक्स वहाँ ऐसी भागने की सोच रहा था फिर यासमी एलेक्स को कहती है की कहानियाँ लिखना शुरू कर दो जिस कारण वो कहता है की मैं कोई कहानी नहीं लिखने वाला लेकिन यासमीन कहती है की वो तुम्हे मार डालेगी फिर नताशा के जाने के बाद एलेक्स दरवाजे से बाहर निकलने की कोशिश करता है लेकिन उसके पास पहुंचते ही दरवाजा गायब हो जाता है और वो एक दीवार से जोर से टकराता है और नीचे गिर जाता है फिर नताशा उसे कहती है कि मेरी इजाजत के बगैर यहां से कोई बाहर नहीं जा सकता फिर नताशा उसे कहानी सुनाने के लिए कहती है और कहानी सुनने से पहले खुद पर एक इत्र डालकर तैयार होती है जिसके बारे में पूछने पर नताशा कहती है कि तुम्हारे लिए ज्यादा सवाल करना हानिकारक हो सकता है इतना कहते ही पूरा घर फिर से डरावनी आवाज के साथ हिलने लगता है नताशा उसे जल्दी से कहानी सुनाने के लिए कहती है जिसके बाद वह घर हिलना बंद हो जाता है एलेक्स कहानी शुरू करता है जिस कहानी का नाम दी प्ले है रात को एक प्लेग्राउंड में टोड नाम का लड़का अपनी दोस्त जैनी को लेने आता है जहां पर बहुत सारे बच्चे खेल रहे होते हैं जो कि उस प्लेग्राउंड में फंसकर भूत बन चुके थे जिसके बाद वो बच्चे टोड को अपने साथ खेलने के लिए कहते हैं क्योंकि अगर वो सुबह होने तक टोड को प्लेग्राउंड में रोके रख सके तो वो भी उनके जैसा भूत बन जाएगा लेकिन टोट समझ जाता है की कुछ तो गड़बड़ है वह सुबह होने के कुछ पल पहले प्ले से बाहर जाने की कोशिश करता है लेकिन उसे चक्कर आ रहे थे और वो वहां से बाहर नहीं निकल पा रहा था फिर उसकी दोस्त जैनी आकर उसे प्लेग्राउंड से बाहर धकेल देती है जो कि अब भूत बन चुकी थी और टोड सुबह होने से पहले बाहर निकल जाता है और जेनी उसकी दोस्त होने के नाते उसकी जान बचा लेती है और कहानी समाप्त होने के साथ ही वहाँ पर सब कुछ हिलने लगता है जिस पर नताशा कहती है कि किसी भी कहानी का अंत अच्छा नहीं बल्कि बुरा होना चाहिए और वह तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा और इस घर के लिए भी एलेक्स उस कहानी की समाप्ति बदलते हुए कहता है कि फिर जैनी ने टोड को वहाँ से जाने के लिए कहा लेकिन टोड उसकी बात ना मानते हुए फिर से प्लेग्राउंड के अंदर आ जाता है क्यूँकी वो जैनी को अपने साथ लेकर जाना चाहता था लेकिन इस सब के बीच सुबह हो जाती है और टोड भी उस प्ले में फंस भूत बन जाता है इस अंत के साथ ही घर सारा हिलना बंद हो जाता है जिस कारण नताशा एलेक्स से बहुत खुश हो जाती है और वो कहती है कि अगली बार ऐसी गलती न हो फिर नताशा एलेक्स को पूछती है कि तुम इन सब किताबों को क्यों जलाना चाहते थे जिस पर एलेक्स कहता है कि इन कहानियों की वजह से कोई भी मुझे नॉर्मल बच्चा नहीं मानता इसलिए मैं इन किताबों को जलाकर एक नॉर्मल बच्चा बनना चाहता था और यह सब मेरी पहली लिखी हुई कहानियाँ है मैंने अभी कोई भी कहानी नहीं लिखी है जिस पर नताशा पूछती है की अभी तुमने कोई कहानी क्यूँ नहीं लिखी जिस पर वो नताशा को कहता है कि अगर कोई मेरे सिर पर खड़ा रही तो मैं कहानी नहीं लिख पाता जिस कारण वह पहले पर गुस्सा होती है और उसके बाद पर कि तुम दोनों उसे परेशान कर रही हो और कहानी लिखने नहीं दे रही जिस पर एलेक्स कहता है कि यह मेरी गलती है और वो जल्दी से अपनी गलती को सुधार कर दोबारा से कहानी लिखना शुरू करेगा जिसके बाद यासमीन वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है और एलेक्स उससे माफी मांगता है यासमीन कहती है की टोट बेवकूफ था जो अपनी दोस्त को लेने के लिए उस प्ले में गया Alex कहता है कि दोस्त ऐसा ही करते हैं फिर वह कहानी लिखने बैठता है लेकिन उसके दिमाग में कोई भी कहानी नहीं आ रही थी फिर उसकी नजर लाइब्रेरी की टॉप पर पड़ती है जहां पर बहुत ही पुरानी किताबें रखी हुई थी। और वो उन किताबों में से एक किताब को उठाता है जो कि लगभग एक हजार साल पुरानी होगी उस किताब के अंदर स्लीपिंग ब्यूटी और हेंजल और ग्रेटर की जैसी कहानियां थी जिसके बाद वो फ्रेंकन की किताब उठाता है जिसके अंदर किसी ने पेन के साथ कुछ लिखा हुआ था और फिर हमें पता चलता है कि यह किसी लड़की ने लिखा हुआ था जिसे कि उस डायल ने कहानियाँ लिखने के लिए पकड़ा था इसमें लिखा था कि उसे एक यूनिकॉर्न दिखा जिसका पीछा करते करते वो यहाँ पर फंस गई, और उसके माँ बाप आज भी उसे ढूंढ रहे होंगे यास्मीन वहाँ पर आ जाती है वो उसे कहती है की खाना तैयार है लेकिन एलेक्स उससे पूछता है की क्या तुमने कभी यूनिकॉर्न देखा है जिस पर यासमीन कहती है की हाँ उसने मुझे भी लालच देख कर पर फसाया था उसे एक सुगंध यहाँ पर खींच लाई थी और वह उस रेसिपी की थी जो वह अपनी ग्रैंड के साथ तब बनाती थी जब वह जिंदा थी इसके बाद एलेक्स नताशा को कहानी सुना रहा होता है फिर नताशा उसे कहती है कि कहानियों को हकीकत से मिलाकर लिखा करो क्योंकि जो सच्चा होता है वही डरावना होता है जिसके बाद एलेक्स उस यूनिकॉर्न वाली लड़की द्वारा लिखी गई और किताबों को खोजने की कोशिश करता है फिर उसे एक किताब मिलती है जिसमे उस यूनिकॉर्न वाली लड़की ने लिखा हुआ था की मेरे पास मेरे माता पिता द्वारा दिया हुआ यूनिकॉर्न वाला लॉकेट है जिसे देखकर मुझे अपने माता पिता की बहुत याद आती है और आज मैं यहाँ से भागने वाली हूँ लेकिन मुझे डर है कि क्या मेरे माता पिता मुझे पहचानेंगे या नहीं फिर तभी वहाँ पर यास्मीन आ जाती है जो उसे अपने साथ नताशा की नाइट नर्सरी मिले जाती है जहाँ पर इविल पौधे होते हैं जो कि सिर्फ अंधेरे में ही बढ़ते हैं हम देखते हैं की यासमीन को उन पौधों के बारे में काफी जानकारी हो गयी थी इसके बाद वह बताती है कि इन पौधों की वजह से ही नताशा को जादू मिलता है यास्मिन फिर उसे एक पौधे के पास लेकर जाती है जहां लगे अंडों को वह एलेक्स की मदद से फोड़ने लगती है और वह कहती है कि अगर इन्हें पैरों से तोड़ा नहीं गया तो इनमें से एक क्रीचर बाहर आएगा जो कि सारी नर्सरी को बर्बाद कर देगा एलेक्स एक अंडे को वही पर अपने पैरों नीचे कुचल देता है दूसरा अंडा यासमीन के पैर फिसलने की वजह से नीचे गिरने ही वाला होता है की तभी एलेक्स भाग उसे पकड़ लेता है लेकिन वह अंडा उसके हाथ में ही फूट जाता है जिसमें से एक क्रीचर बाहर आ जाता है और पूरी नर्सरी को बर्बाद करने लगता है जिसे एलेक्स और यास्मीन मारने की कोशिश करते हैं लेकिन वह यास्मीन पर हमला कर देता है, जिसे ले कर एक पेड़ के जाती है लेकिन उस पेड़ पर बहुत सारे जाड़े लगे हुए थे जो लेनोर को पकड़ लेते हैं जिसके बाद यासमीन एलेक्स को वहां से बाहर निकलने के लिए कहती है लेकिन एलेक्स किसी तरह से उस क्रीचर को मारने में कामयाब हो जाता है और वो लेनोर को लेकर वहां से बाहर आ जाता है और उनके बाहर आते ही हम देखते हैं कि एक अंडे में से एक और क्रिएचर बाहर निकल रहा था और जब नताशा को अपनी नर्सरी के बारे में पता चलता है तो वह गुस्से में आकर उन दोनों बच्चों को हवा में उड़ा देती है जिसके बाद वह यासमीन को तकलीफ देना शुरू कर देती है फिर एलेक्स नताशा को कहता है कि उसने ही यासमी से नर्सरी देखने की जिद की थी ताकि उन जादुई पौधों को देखकर उसके दिमाग में कोई नई कहानी आ सके जिस पर नताशा कहती है कि तुम झूठ बोलकर इसे बचाना चाहते हो लेकिन फिक्र मत करो मैं इसे ऐसे नहीं मारने वाली अगर इसे मार दिया तो मेरे घर की देखभाल कौन करेगा और नताशा के जाने के बाद यासम एलेक्स को कहती है की आज ऐसी तुम अपना काम करोगे और मैं अपना काम करूंगी जिसके बाद हम एलेक्स को उदास बैठा हुआ देखते हैं और फिर उसे तभी दरवाजे से कुछ आवाज आती है जिसके बाद वह देखता है कि वह क्रीचर उसके बैग में घुसा हुआ है जिसे देखने के बाद वह, वह उसे वहीं पर मार देता है फिर अपना बैग चेक करने पर उसे पता चलता है कि उस क्रीचर ने उसकी सारी किताबों को नष्ट कर दिया है जिनके अंदर सारी कहानियाँ लिखी हुई थी जिसके बाद एलेक्स सारी रात जा कर लिखने की कोशिश करता है लेकिन वो कोई कहानी नहीं लिख पा रहा था जिसे देखकर यासमीन को उस पर तरस आता है उसके लिए उन जादुई जड़ी बूटियों से एक दवा बनाकर लाती है जिसको लगाते ही उसके सारे घाव भर जाते हैं और वह लेनोर के घाव पर भी वो दवा लगा देता है जिससे उसके भी घाव भर जाते हैं फिर यास्मीन बताती है कि यहाँ पर उससे पहले भी उसके दोस्त बने थे जिनके साथ वह सारा दिन काम करने के बाद रात को यहाँ से भागने की प्लानिंग किया करते थे फिर मैंने जान सिंक की पाइप को जाम कर दिया और वहाँ पर एक हेल्प का नोट लगा दिया ताकि अगर यहाँ पर कोई प्लम्बर आए तो उनकी मदद कर सके लेकिन नताशा ने किसी प्लम्बर को नहीं बुलाया और अपने जादू से उसको ठीक करने की कोशिश करती रही परंतु उसका जादू काम नहीं आया और फिर नताशा को वो नोट मिल जाता है जिसके बाद उसकी दोस्त कलेरा, सारा इल्जाम अपने ले है। जिस नताशा ने कलेरा को एक मूर्ति में बदल दिया उन मूर्तियों को ध्यान से देखने पर एलेक्स को पता चलता है कि उन सभी मूर्तियों के पास कोई न कोई रत्न है जैसे की कोई घड़ी अंगूठी या कोई लॉकेट लेकिन उनमें से किसी भी मूर्ति के पास यूनिकॉर्न वाला लॉकेट नहीं था जिसके बारे में उन्होंने उस किताब में पढ़ा था जिसका मतलब वह लड़की यहां से भागने में कामयाब हो गई थी जिसके बाद काफी ढूंढने पर उन्हें उसी अंसल एंड ग्रेटर की किताब में एक दवा की रेसिपी मिलती है जिसकी मदद से उसने उस डायन को बेहोश कर दिया और वो लड़की यहां से भागने में कामयाब हो गई। अब इस रेसिपी को देखकर यास्मीन कहती है कि इसमें किसी वाइनवीड नाम की चीज को मिलाने से बहुत ही ज्यादा गंदी स्मेल आती है और अगर हम नताशा को ये देंगे तो वो सब कुछ समझ जाएगी और उस बदबू को मिटाने के लिए उस दवा में क्या मिलाया जाए यह भी सिर्फ नताशा को ही पता होगा जिसके बाद एलेक्स को अपनी नई कहानी मिल जाती है और इसी के साथ इस मूवी का पहला पार्ट यहीं पर समाप्त हो जाता है वह दोनों नताशा से उस आखिरी दवा के बारे में कैसे उगलवाएंगे यह हम अगले पार्ट में देखेंगे तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि जब भी मैं अगली वीडियो डालू तो आपको नोटिफिकेशन जल्दी ऐसी मिल जाए